हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुदस्सर फ़ारिस किड स्टार दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है मुझे सपोर्ट करें वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें चलें गेम स्टार्ट करते हैं अब स्कूल के अंदर जा रहे हैं हम ये उठा लेते हैं गन इसको कंप्लीट करना है पहले हम नीचे जाते हैं यहाँ पे क्या है मैप पड़ा हुआ है ये ये उठा के इसके साथ जोड़ते हैं ये इसको हम जोड़ते हैं आपस में चलो भाई ए, एक गन तैयार हो गई है हमारी अब ये लीवर उठाते हैं ऊपर की तरफ इसको, इसको, इसको भी उठा देते हैं इसको भी उठा देते हैं इसको भी उठाते हैं अब चलते हैं बल्कि हाँ चलो अंदर चलते हैं ऊपर की तरफ आ गए लाइटें बंद करने का कह रहा है लाइटें बंद करते हैं पहले से बंद करते हैं फ्यूज निकालते हैं इसका बंद कर दी इसको भी बंद कर देते हैं और चलते हैं आगे इसको भी बंद कर देते हैं इसको भी बंद कर देते हैं अब चलते हैं वापस ये डोर खोला कटर उठाया अब क्या करें बैटरी बोल रहा है क्या केबल बैटरी बैटरी बैटरी उठा ले भाई चल चलो चलो चलो नीचे चलते हैं इसको लेके वहां पे रखते हैं चलो इसको यहाँ पे रखो और अब चलते हैं वापस ऊपर आ गए अब चलो इधर से डोर खोलते हैं ये क्या है नहीं ड्राप टॉफ वाटर है पहले अब इधर आते हैं वापस उधर ही आ गए हाँ समझ गया क्या करना है अब मैं बताता हूँ कैसे खेलते हैं वापस नीचे वापस चलते हैं हाँ ये उठा लिया चलो अब इसमें इंक भरते हैं चलो आ गए अब क्लासरूम वगैरह की तरफ चलते हैं जी अंदर आ जाते हैं यहां से निकलो यहां से निकलते हैं चलो बाहर चलो ऊपर बल्कि ऐसा करते हैं वापस नीचे भी, नीचे चलते हैं नीचे चलते हैं नीचे आओ नीचे आओ पहले यहाँ चेक कर लेना कुछ है तो नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है इधर भी देख लेते हैं इसर इस भी देख लेते हैं ये क्या है नहीं बेकार है ये ठीक है चलो हम्म ऊपर आ जाओ ऊपर खोलते हैं यहाँ पे क्या है चलो बाहर चलो और ड्रॉप पानी के डाल दिए हैं अब चलो सीधा इसको चेक करते हैं चलो इंक येरी इंक लो वापस वहाँ डालते हैं जाके ये इंक डाल दी चलो चलो अब इधर चलते हैं अब बाहर निकलते हैं इस साइड पे देखो क्या है क्या है ये लॉकर चेक करते हैं इसमें भी कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है इसमें भी नहीं है इधर भी कुछ नहीं भाई इसमें भी नहीं किधर हो मेरे दोस्त मिल जाओ मुझे इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है ये अभी कहाँ है इसमें चेक नहीं इसमें भी नहीं है इसको देखते हैं इसमें होगा नहीं इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है भाई इसमें भी नहीं है ये, इसमें देख लेते हैं इसमें भी नहीं है ये तो गेम लंबा होता जा रहा है चलो इधर सब जगह देख लिया इधर तो नहीं है अब चलते हैं अंदर इसमें चेक करते हैं इधर इसको चेक करते हैं नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इधर वाले को देखें इसमें भी नहीं है इधर भी नहीं है इसमें होगा इसमें भी नहीं है अबे यार इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है चलो यहाँ खोलें ये तो रास्ता बंद लग रहा है चलो वापस वहीं से चलते हैं बाहर आ जाओ ये वाले चेक करते हैं इसमें दोनों में नहीं है इसको भी नहीं है इसमें भी नहीं है ये ऊपर वाले में देखते हैं इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है अबे येरा भागो आगो यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी निकल जल्दी निकल जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी मुड़ मुड़ मुड़ फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आ जाएगा तो ये रहा। भाग भाग भाग यहां से भाग चलो यहां से निकलो यहां पे छुप जाते हैं यहां पे छुपते हैं यहां पे छुप जाते हैं बैठ जाओ यहां पर इंतजार करते हैं थोड़ी देर देखते हैं इसको कहीं आ रहा तो नहीं है ये नहीं आ रहा चलो तो बोलता हूँ वापस चलते हैं देख लेते हैं यहां पे भी चेक करते हैं ये क्या नहीं इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है अब नैन आ ये चल चल चल चल चल चल अंदर चल अंदर चल अबे आ गई बाहर निकल